जय श्री राम आज हम सब मित्रगण श्यामगढ़ से हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब आलोक जी दयाराम जी आलोक और सभी मित्रगण कोटला बुजुर्ग से आज बरखेड़ा में इकट्ठे हुए हैं और सौभाग्य की बात ये है कि हमारे डॉक्टर साहब की तरफ से हनुमान जी महाराज के प्रांगण में पाँच सीमेंट की बेंचे का दान योगदान दिया गया डॉक्टर साहब को और सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डॉक्टर साहब जी हमारे आदरणीय सभी भाई साहब बाबू जी जसर जसर भाई साहब रामचंद्र जी देशभक्त जी शामगढ़ से पधारे हुए सभी अतिथिगण डाक साहब अनिल कुमार जी आलोक जी दामोदर जी ड साहब दया राम जी आलोक जीठ जी श्री जी, जी जी, जी, जी राम जी राजेन्द्र जी सेठ जी बोलिया से हमारे बाबू जी राम प्रसाद जी कोठड़ा बुजुर्ग से सभी मित्र यहाँ इकट्ठे हुए हैं दरबार सुभाष जी हाँ। वरखेड़ा से बासाहब हमारे उमराव सिंह जी सिसोदिया सुराखेड़ी से सभी सुरा आदरणीय साथियों का बरखेड़ा बालाजी महाराज के स्थान पर छोटी सी पार्टी के साथ में और सब इकट्ठे हुए हैं सभी से मैं परिचय करा देता हूं आपका और माननीय हमारा डॉक्टर साहब आदरणीय डॉक्टर दया जी आलोक के आदर्शों से प्रेरित पुत्र डॉक्टर अनिल कुमार राठौर दामोदर पत्री हॉस्पिटल शामगढ़ द्वारा श्री पूर्ण बालाजी धाम बरखेड़ा अंबेका के विकास में सीमेंट बेंचे का हेतु पंद्रह हज़ार पाँच सौ इक्यावन का दान भेंट सन 2022 बाईस हनुमान जी महाराज की कृपा मान्य दाक्षा पे हमेशा बरसती रहे इसी प्रकार धार्मिक स्थानों पर सीमेंट बेंचों का दान करते रहे जय श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम